एक बार एक राजा था जिसकी एक आंख और एक टांग नहीं थी राजा ने काफी सारे चित्रकारों को बुलाया और उससे कहा कि मेरे एक शानदार सा चित्र बनाओ। सारे चित्रकार मुश्किल में थे तभी एक चित्रकार आया और उसने राजा से कहा कि आप घुटनों के बल पर बैठ जाइए जिससे आपका एक पैर नहीं दिखेगा और एक आंख बंद करके आप तीर से निशाना लगा रहे हो ऐसे खड़े रहिए जिससे आपकी एक आंख नहीं दिखेगी स्टोरी से हमें क्या लर्न करना है की कमियाँ तो सब में होती लेकिन इस कमियों को लोगों को मत दिखाओ अपनी स्ट्रेंथ और पावर को शो अप करो जिससे आपकी वीकनेस का कोई फायदा ना उठा सके अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना